विष्णु ने कहा ऐसा क्यों कि शिव में मेरे में तुम क्या फर्क देखते हो क्या गुरु जो विद्वान होता है अपने शंकाओं का समाधान करने की शक्ति रखता है और वो योग्य है और तुम्हारे सारी साधनाओं के साथ तुम्हें पुष्ट पुष्ट बनाता है तुम्हें जंगल, भी, जंगल में भी हरा भरा रखता है तुम्हें जंगल में भी सारी छाया देने के लिए तुम्हें एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो बनाता है उसे गुरु कहा गया धन देने वाले को गुरु नहीं कहा है या धन देता है तो फिर बीमार बना लेता है। बीमार देता है दें, वो गुरु है और इसको समान रूप से दे सके वहां तेरे कष्टों में केवल गुरु चाहता है कि तू समर्पित है या नहीं जिस प्रकार विश्व था शिव को मानता था तो शिव को ही मानता था देखो शिव को मानने के कारण हुआ क्या कि वो शिवजी जी उसके लिए सारे देवताओं के साथ झगड़ने के लिए तैयार हो गए मेरे शिष्य के लिए मैं झगड़ता कि तुमने ऐसा क्यों किया और जब गए तो विष्णु भगवान ने शिवजी को शांत किया बोले मैं शिवजी आप जानते हैं मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ रोज तुम्हारी ध्यान धारणा करता हूं उसकी शिवजी का शिव के स्मरण करने में लक्ष्मी और विष्णु का स्मरण है यह सूर्यनारायण भगवान नहीं जानते थे शायद उन्होंने श्राप दे दिया आपने क्षमा करे भगवान शिव ने कहा क्षमा करने से नहीं होगा मेरा शिष्य जिसे उन्होंने श्राप दिया है गरीबी का उनको धनवान बनाने का कोई मार्ग बता देता आगे चलता। तो नहीं चलता उत्साह हो जाना चाहिए सूर्य नारायण ने कहा श्राप तो देने आता है उत्साह करने नहीं आता तो अब उसको कैसा कर उसे धनवान कैसे बनाए तब उन्होंने कहा भगवान शिव ने विष्णु भगवान ने कहा कि तुम सब जानते हो क्यों ऐसा चाहते हो कि तुम ये सारी चीजें हो तुम्हें उसको उत्साप देकर कर सकते हो तो उन्होंने कहा जो सब है शाप शाप तो दे दिया मेरे शिष्य को एक के लिए स्थिति हमारे में नहीं आती हमने ये जब तक समर्पण हमने नहीं किया हमारे में इस समर्पण की स्थिति नहीं आई तब तक हम गुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते शिव हो या शक्ति हो आज हमारे माता पिता हमारे शिव शक्ति हमारे लक्ष्मी नारायण हमारे भगवती नारायण उनका आज पाणी ग्रहण महोत्सव है और जिस दिन मुझे पता है 1997 गुरुजी का शिविर हो गया था और 1998 5 जून को पाणी ग्रहण महोत्सव जोधपुर में था और मैं जोधपुर में गुरुजी को इसलिए गया था कि जुलाई में गुरु पूर्णिमा थी और मैं गुरु जी लेकर ले दे, देने गया था गुरु उस समय बहुत अरक बीमार थे मैं उस दिन गया जोधपुर में ही गुरुधाम में ही शिविर चल रहा था तो उस दिन गुरु बहुत धीमे से आए आने के बाद गुरुजी ने देखा और थोड़ी देर के बाद कहा जोशी अब तू प्रवचन दे तू बात कर मैं एकदम ऐसा रुक गया कि अब मैं क्या बताऊं? मैं खड़े हो गया और कहा पहले गुरुजी का नामस्मरण अगले किया और गुरु से कहा कि आज पाणिग्रहण महोत्सव का दिन है कहते हैं कि इसे हमारे आंध्र या तेलंगाना में विवाह को कल्याण कहते हैं कल्याण महोत्सव विवाह महोत्सव को कल्याण महोत्सव कहते हैं और तुम आज कहीं शिव पार्वती श्रीशैलम जाओ या तिरुपति जाओ या कहीं भी जाओ वहां उस लक्ष्मीनारायण या तिरुपति बालाजी का कल्याण महोत्सव रोज़ होता है रोज उनका विवाह करते हैं और शिव जी का भी रोज़ कल्याण आज श्रीशैलम में जाओ शिव पार्वती का कल्याण करते और कहते हैं कि जिनके घर में शादियाँ नहीं होती वो लोग अगर वो शिव कल्याण का कार्यक्रम करते हैं हाँ बहुत बड़ा रंग है दस ग्यारह हज़ार रुपये उसकी फीस है शिव पार्वती को बैठा उनका विवाह महोत्सव करते हैं उनके घर में शादियां नहीं होती है तो शादियां करते हैं ये तिरुपति में तो और ज़्यादा पैसा है जहाँ तो उस दिन मैंने वहाँ खड़े रहकर ये कह रहा था कि आज मेरे लिए बालाजी के तिरुपति या पद्मावती मेरे गुरुदेवी है शिव पार्वती भी मेरे गुरुदेवी है और आज अगर मैं मेरे गुरू रूपी लक्ष्मी नारायण को भगवती नारायण की शोर का यह कल्याण महोत्सव ये पाणिग्रहण ग्रहण महोत्सव में मनाता हूँ तो आज हमारे पास इतने भी इतने भी जितने साधक बैठे हैं उनके घर में कभी अशुभ नहीं होगा उनका कल्याण होगा उनके घर में कल्याण महोत्सव होगा मैं, मैं जानता हूँ कि गुरुजी उतने बीमार होने पर भी तालियां बजाते हुए कहा कि ये बात सही है और गुरु ने मेरे बात का समर्थन किया कहते हैं कि जो पाणी महोत्सव गुरु जी का मनाता है उनके घर में शुभ कार्य जरूर होते हैं दोनों होने ही चाहिए और उस दिन पाणिग्रहण ग्रहण का वो महोत्सव संपन्न हुआ मैं उस दिन पाँच जून 1998 को पाणिग्रहण ग्रहण जोधपुर में हुआ था और मैं वहाँ यह ही ऐसे ही प्रवचन देते समय गुरुजी के कहने पर मैंने पाँच मिनट के लिए प्रवचन दिया था और मैं आज भी कहता रहा हूँ इस भवानी माता के मंदिर में हम आए तो आज गुरुजी का पाणिग्रहण ग्रहण महोत्सव संपन्न कर रहे हैं मैं आपको एक ही बात कहता हूँ आप अपने गुरु के प्रति जितने समर्पित रहें ये समर्पण उसे हैं नहीं कहते सम अर्पण का अर्थ होता है मैं बार बार कहता हूं तुम्हें चाहे सुख हो दुख हो कष्ट हो सुख हो तुम एक गुरु को मानते हो तो मानो गुरु को उस मानकर चलो चाहे तुम्हारे शरीर पर पीड़ा आ जाए तुम्हारे ऊपर पहाड़ गिरे तुम कहो मेरे गुरु स्वामी विखले जिस दिन ये बात कहेंगे उस दिन पहाड़ भी तुम्हारे सामने छोटा लगने लगेगा और यह कहेगा कि शिष्य को हम कुछ नहीं कर सकते इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम एक बार नहीं हमारे पास ऐसे कितने ही उदाहरण हैं पांडवों ने वनवास अनुभव किया लेकिन कहा कि कृष्ण तुम हमारे साथ रह जाओ हम वनवास अनुभव करने के लिए तैयार है यह समर्पण था पांडवों का और वे सामर्थ्यवान हुए और उन्होंने उस युद्ध को जीता अगर आज हम होते मैं कहूं कि चलो जंगल में चलना है पति पत्नी को छोड़कर कितने लोग लेकिन जंगल में आने के लिए कोई तैयार नहीं ये कब तक चलेगा की जब तक कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ में जंगल में भी आने के लिए तैयार हूँ इस दिन तुम जिस दिन समर्पित हो जाओगे तुम्हारे को पीछे पट के देखना नहीं होगा क्या है उस समर्पण का समय एक साल हो या दस साल लेकिन जब तुम पलटोगे तो महाराज के साथ महीने के, मतलब के पांच दिन साधना के लिए मुझे दे दो मैं तुम्हारे पूरा महीना नहीं चाहता महीने के पांच दिन केवल दिया करो कि तुम्हें साधना करना आज मैं देख रहा हूं आश्रम में धीमा धीमा वह भी वो स्थिति भी बढ़ रही है लोग नौकरी करने वाले भी कह रहे हैं कि गुरु जी हम पांच दिन के लिए साधना के लिए आए हैं। अभी भी गस लोग आए और गुरु जी हम पांच दिन देने के लिए आए और मैंने उनको पांच दिन एक विशिष्ट गुरु साधना संपन्न करवाई आप एक महीना हर एक महीना पांच दिन केवल आश्रम में आकर हो और साधना करके जाओ बाद में केवल गुरु मंत्र जब करो कोई साधना करने की जरूरत नहीं है तुम्हें अगर दशमाविदय सिद्ध नहीं हुई तो कहना मैं गलत हूँ मैंने कहा है कि तुम केवल पांच दिन तुम्हारे मुझे समर्पित करो महीने के पांच दिन और आकर साधना संपन्न किया करो अभी तो शुरुआत हुई है और लोग आ रहे हैं। अगर आगे यह संख्या बढ़ गई तो मैं चाहता हूं कि हम ऐसे जंगलों को एक दिव्य अनुभव दिव्य श्रेष्ठता के साथ इसको एक बड़ा महल माता के साथ देवताओं को आने क्रिया करेंगे मैं जो आपको जिस राम मंदिर की बात बताई थी कि बीस साल पहले था आज उस ओ, राम मंदिर जहाँ जंगल में था वो आज करोड़ों का राम मंदिर है और उस वहाँ लाखों लोग आते हैं जब आंध्र अलग हो गया तो वहाँ उस कुंटी नाम का राम मंदिर है और वहाँ लाखों के लोग आकर राम मंदिर में रहते जिस दिन माया जिस दिन गया था वहाँ कोई नहीं था ऐसा ही उदाहरण बहुत का माता मंदिर जहाँ यहाँ है हमारे साधक और भी है वहाँ भी पहली बार मैंने विष्णु कवि के मंदिर में साधना सम्पन्न की थी और वो लोगों ने कहा था कि गुरु जी आप साधना संपन्न करके गए और उस विष्णु कवि के मंदिर को गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने पैसे साधना की और वो बहुत श्रेष्ठता के साथ उष्ण कोई को काम नहीं हुआ यह मैं मेरी महत्व ने कहता हूँ ये गुरुजी की महत्ता है और यह उस भवानी उस देवता की महत्ता है जो बुलाकर हमारे के साथ साधना करवाते हैं और उस श्रेष्ठता के साथ उसकी भव्यता मैं कहता हूँ आप अगर एक पांच साल के बाद इसी भवानी माता मंदिर को देखो और माता की इच्छा हुई और गुरु की इच्छा से अगर ये कार्य हुआ है तो यह भी एक महान मंदिर बनेगा आप सब देखते देखते रहना आप इस नागपुर में इसकी प्रशंसा करते रहोगे की ऐसा हुआ आज फुल चेतना केंद्र हो या भंडारा का निखिल चेतना केंद्र जंगल में कहीं एक जगह जाकर बैठे हैं दू लेकिन पांच साल में उसमें कितना हुआ और बीस साल में इतना कैसे इसमें कितना चेंजेस हुआ उस्मानाबाद में जंगल में ही स्थापना की है निखिल चेतना केंद्र की बारसी में हुई है हुआ है इस तरह जितने निखिल चेतना केंद्र समर्पण के साथ जहाँ झगड़ा नहीं केवल समर्पण के साथ हुआ है आज